थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप लोगों ने मेरे लिए एट हंड्रेड सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दी इतने जल्दी और मैं होप करता हूँ आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे सो आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पे क्या आपको भी बनना है प्रो लाइक ड्रीम टेक्नो ग्लेड एंड स्मार्टाई तो let's begin the video और हाँ ये video के हर एक steps को follow करना ये video में मैंने कुछ new things apply की है so अगर पसंद आता है तो को करते हैं को करते हैं। video को like कर देना और channel को subscribe कर देना लेट्स गे थे इन टू द वीडियो सो आपको क्या करना है सुबह को सुबह सात बजे उठना है जल्दी से और उठते ही आपको ब्रश करना है बड़ा बच से चलो ब्रश कर लेते हैं सो so ब्रश करने के बाद ही तुरंत तुरंत आपको माइनक्राफ्ट खोलना है भगवान से आशीर्वाद लेना है, और यार अरे हाँ मैं तो आपके साथ बात करना भूल ही गया था आपके बारे में सो आपको प्रो बनना राइट तो बनाना मना किसने किया है ओके सो प्रो बनने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहली बात तो आपको क्या करना होगा एक स्क्रिप्ट भूल गया यार हाँ सो आपको जिस कैटेगरी में भी प्रो बनना है कैटेगरी के टीचर के साथ जाके प्रैक्टिस करो लाइक अगर आपको स्पीड रन करना है स्पीड रन में प्रो बनना है सो आप ड्रीम को जाके कांटेक्ट करो अगर आप ड्रीम को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो तो तो क्या कर सकते प्रो बनना है सो so, बेडवॉर्स वा हमारे सबसे ज्यादा प्रो थे टेक्नो ब्लेड जी जो अब बहुत ही दुखरी से नहीं रहे सो आ, आप तो उनको जाके मिल नहीं सकते हो सो आप क्या कर सकते हो उनके वीडियो को देख के उनके वीडियो से बहुत सारा सीख ले सकते हो सो जैसे कि एम एल जी में प्रो बनना है मेरे पास आ जाओ मेरे पास मैं सिखाता हूँ ना आके आ जाओ सुबह सात बजे मैं आके सिखाता हूँ अरे भाई रुको रुको मैं सुबह घर पे आने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर्वर में आने की बात कर रहा हूँ वैसे सात बजे में भी नहीं उठता वैसे बनाने के लिए उठ गया क्या जाता है Uh, कभी भी मैसेज कर दो दोस्क सर्वर पे मैं आ जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा थैंक यू कि हम लोग जल्दी 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर कर लिए सो दो 1000 भाई कौन है यार एडितर? अरे हाँ मैंने तेरे को मैसेज किया था अच्छा अभी क्यों आया दिख रहा चाहिए salary me 1000 subscriber complete hoye nahi aur salary maang raha hai chal nikal 1000 subscriber ke baad dunga salary theek hai isko kuch bolo yaar 1000 subscriber karwa to ye bahut ro raha hai mera to karwa do to salary de isko de dena chahiye usko jaldi jaldi dunga pura comment section spam karke bhar do taki ye mereko mera salary de de ha ja ja so मैं मैं जाता जा। थीके, थीके, मैं ठीक है जाता बाय बाय थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपको आपका इतना सारा सपोर्ट मिलके अब मैं हुआ कि आप फ्यूचर में ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे सो so, तब तक के लिए बाय